जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे रातें सब वाली सारे दिन ही थे थे चाँद पर की क्या फिकर। जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नज़दीक थे तेरी में जुड़ी होने ना भी मिलके पाई तुझे भूलना तो चाहा लेकिन बुलाना भाई तुझे भूलना तो चाहा लेकिन बुलाना भाई जितना बुलाना चाह जितना चा, बुलाना चाह तू तुझ चा, तुझ याद तुझे भूलना तुझा are जिस रात सोए सुकून से वो रात आती क्यों नहीं जिस रात आखें सोए सुकून से वो रात आती क्यों नहीं पिछले बरस तो बाह से जा चुकी मुझे भूलना तो चाहा लेकिन बुलाना मुझे भूलना तो चाहा लेकिन बुलाना भाई जितना बुलाना चाह जितना बुलाना चाह तुम्हारा यार मुझे भूलना तुझा लेकिन बुलाना भाई तुझे भूलना तुझा लेकिन